तो आइए आपके और इन शायरा शायरों के शायरों और शायरा के दरमियान से मैं अपने आप को हटा लेता हूं और एक एक करके सबको आवाज़ देना शुरू करता हूं सबसे पहले मैं बुलाता हूं मयंक को मंच पर आए और अपने से सबको कराएं मयंक तालियां बहुत हल्की लगी हैं पहला शायर है उसे तो इतना मिलना है बहुत शुक्रिया भैया नव निर्माण भारत की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक स्थान दिया इस मंच पर मैं कुछ एक मतलब कुछ शेयर के साथ आप सब के साथ जुड़ता हूँ कि इज़्ज़त से जब भी मुझको पुकारा नहीं गया इज़्ज़त से जब भी मुझको पुकारा नहीं गया मैं मुड़ के उस गली में दोबारा नहीं गया इज्जत से इज्जत से जब भी मुझको पुकारा नहीं गया मैं मुड़ के उस गली में दोबारा नहीं गया और शेर देखें कि इज्जत से जब भी मुझको पुकारा नहीं गया मैं मुड़ के उस गली में दोबारा नहीं गया और उससे कहा था खौफ में मुझ पर यकीन कर उससे कहा था खौफ में मुझ पर यकीन कर फिर मुझसे उसका खौफ उतारा नहीं गया फिर मुझसे उसका खौफ उतारा नहीं गया और और ये गजल एक मतलब कुछ शेर देखें और ये ये मतलब इन सभी शायरों के इन सभी फनकारों के नज़र के सबकी हंसी खुशी के हम औजार बनेंगे सबकी हंसी खुशी के हम औजार बनेंगे हम कुछ नहीं बनेंगे तो फनकार बनेंगे वाह क्या कह रहे सबकी हंसी खुशी के हम औजार बनेंगे बहुत शुक्रिया हम कुछ नहीं बनेंगे तो फनकार बनेंगे और और शेर है कि वैसे तो नौकरी का कोई शौक़ नहीं है वैसे तो नौकरी का कोई शौक़ नहीं है लेकिन हम हालतन तलबगार बनेंगे वाँचे। लेकिन वाँचे। हम हालतन तलबगार तलब तलब बनेंगे, तलब बनेंगे।, बनेंगे और तब अपने घर की खिड़कियों को खोल दूंगा मैं तब अपने घर की खिड़कियों को खोल दूंगा मैं जब अपने मिलने जुलने के आसार बनेंगे जब अपने मिलने जुलने के आसार बनेंगे और ये शेर देखें ये सबसे मेरा चहिता शेर और बतौर खास के बच्चों को कभी अपनी मोहब्बत न दे सका बच्चों को कभी अपनी मोहब्बत न दे सका ऐसे तो सभी के सब खुददार बनेंगे बार, ऐसे बार, तो खुददार बनेंगे क्या कहना है का? बहुत शुक्रिया भैया और बच्चों को कभी अपनी मोहब्बत न दे सका ऐसे तो सभी के सब खुददार बनेंगे और गज़ल का आखिरी शेर सबसे ज़रूरी के कुत्ते की तरह पालते हैं पत्नीओं को और कुत्ते की तरह पालते हैं पत्नियों को और दुनिया के सामने ये समझदार बनेंगे क्या बात है दुनिया भाद के सामने ये समझदार भादा. बनेंगे बहुत शुक्रिया एक गजल के साथ मैं अपनी मैं आप अप चाहूंगा आता आता हो, आता हो। कि पिला रहे हैं वो चाय ऐसे दवा सिराहत क्यों दे रहे हैं पिला रहे हैं वो चाय ऐसे दवा सिराहत क्यों दे रहे हैं जो जख्म चारा गरी न समझे वो ये शिकायत क्यों दे रहे हैं क्या बात है जो ज़ख्म चारा गरी न समझे वो ये शिकायत क्यों दे रहे हैं और और शेर देखें कि वो ज़ख्म जो ज़ख्म चारा गरी न समझे वो ये शिकायत क्यों दे रहे हैं और हमें पता था कि इस जहां में सभी प्रसंगों की एक वजह है हमें पता था कि इस जहाँ में सभी प्रसंगों की एक वजह है मगर हमें ही समझना आया वो इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत अच्छी। मगर हमें ही हमें समझना आया वो इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं और वतन बुलंदी को छू रहा था मगर हमारी खबर किसे थी वतन बुलंदी को छू रहा था मगर हमारी खबर किसे थी ये जब चुनावी हवा चली सब हमें ये आजमत क्यों दे रहे हैं क्या बात है ये जब चुनावी हवा चली सब हमें ये आजमत क्यों दे रहे हैं और एक शेर सच्चा शेर कि कभी किसी से नहीं लगाया ये दिल जभी से उन्हें दिया है वा? कभी किसी से नहीं लगाया ये दिल से उन्हें दिया है मगर न जाने कई दिनों से नजर बगावत क्यों दे रहे हैं है। है। क्या आ, बात ए, मगर, है क्या है बहुत मगर न जाने कई दिनों से नजर बगावत क्यों दे रहे हैं और चली सुहानी हवा तो हमको लगा के माने हमें पुकारा चली सुहानी हवा तो हमको लगा के माने हमें पुकारा कि लौट जाने को अपने घर ये ख्याल ताकत क्यों दे रहे हैं कि लौट जाने को अपने घर ये ख्याल ताकत क्यों दे रहे हैं और आखिरी शेर इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा कि यहाँ है जो कुछ हमारे हक में हमें मैसर वही नहीं है ये शेर देखें, देखें कि यहाँ है जो कुछ हमारे हक में हमें मैसर वही नहीं है हम ही हमारी जरूरतों के लिए रिश्वत क्यों दे रहे हैं हम ही हमारी जरूरतों के लिए रिश्वत क्यों दे रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत पूछा है बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।, बहुत अच्छे क्या बढ़िया